मेरे प्रिय प्रभु यशु प्रभु जी मैं आप प्रभु फिर से एक बार आपका मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी तूने आज सुबह से लेकर इस शाम तक हमें संभाल के रखा प्रभु जी विशेष करके इस शाम की प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी बुद्धि प्राप्ति के लिए प्रभु जी हाँ खुदा वी यशु प्रभु जी और अपने परिवार में छोटे बच्चे हैं प्रभु जी बुजुर्ग हैं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी उन सभी बच्चों को प्रभु जी और जिनकी माता पिता हैं सभी को प्रभु जी आपके सम्मुख में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के शाम के समय पिता परमेश्वर आने दे तेरे स्वरक्ष बुद्धि को प्रभु जी ज्ञान की आत्मा को आने देखुदावनेशु उनके परिवार के बीच में प्रभु जी आत्मा को कार्य करने दे खुदानेशु हाँ पिता परमेश्वर उनके मन में प्रभु जी एक नया रीति से प्रभु जी एक विकसित रीति जी, उनके मन में कार्य होने राजाओं का तीन अध्याय परमेश्वर और पर हम देखते हैं पिता परमेश्वर परमेश्वर ने सुलेमान के सपना में आकर सुलेमान से पूछा सुलेमान आप क्या चाहते हैं और सुलेमान ने परमेश्वर से यही कहा मेरे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि आपकी प्रजा इतनी असंख्या है कि मैं उनका सही रीति से न्याय कर सकूं और परमेश्वर ने बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि का ज्ञान दिया और एक दिन ऐसा आया सुलेमान के जीवन में उसी राज्य में दो स्त्री थे और उस दो स्त्री की एक ही दिन जन्म हुई उनके बच्चों की और उसी बीच में एक स्त्री के बच्चा मर जाता है और जो मरा हुआ बच्चा को दूसरी स्त्री के पास लेकर वहाँ लेटा लेती है और जीवित बच्चा को दूसरी स्त्री अपने बोलने लगती है इस बीच में सुलेमान के बीच में वो दोनों स्त्री आकर और उससे न्याय मांगती है कि बताती है देख मैं उसी दिन हम दोनों की बच्चे जन्म हुए लेकिन ठीक दूसरे दिन मेरा बच्चा मर गया और अपना मरा हुआ बच्चा को मेरे पास लेकर लेटा कर मेरा जिंदा बच्चा को ले गई इस बीच में दोनों ब... दोनों स्त्री के बीच में यही बीच इसी बात को लेकर बाहस होती रही लेकिन परमेश्वर ने जो सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान जो दी थी और उसने सही से न्याय किया और इस बीच में जो इसराइल में पूरा हर गली में हर प्रांत में यही पर सुलेमान का जय जयकार हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में जो बुद्धि प्राप्ति का जो ज्ञान का जो ज्ञान का, जो, जो प्रज्ञा का जो उसने आशीष दी थी हाँ मेरे प्यारों और भाईयों बहनों आज की इस हम प्रार्थना में विशेष करके हम अपने परिवार के लिए बुद्धि प्राप्त के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं और अपने परिवार में किस तरह से हम तरक्की क्या गलत क्या सही उन सभी चीज़ों को हमें परखने की समझने की परमेश्वर हमें ज्ञान देगा और प्रज्ञा देगा बुद्धि देगा ताकि हमारे दिन की दिन की दिनचर्या में जो हम उठते बैठते हैं इस बुद्धि के जरिए हम हम अपने पड़ोसों से हम इस्कूल में अपने समाज में किस तरह से बातें करें किस तरह से उठे किस तरह से जिए इन सारे बातों को हमें परमेश्वर सिखाएगा आइए विशेष करके आज की शाम की प्रार्थना है जो विशेष करके बुद्धि प्राप्ति के लिए परमेश्वर आपके परिवार में बुद्धि ज्ञान और प्रज्ञा से भर देगा हमें विश्वास है परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे नाम से मांगेगा वहां मैं जरूर अवश्य दूंगा हाँ मेरे परमेश्वर जो मांगने वालों को जरूर देता है ढूंढने वालों को जरूर वो खटखटाने वालों को देता है हमें विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर के जो पास दीनता से और सच्चाई और आत्मा से के पास उसके पास आते हैं वो कभी हाँ, खाली हाथ नहीं भेजता है हम विश्वास करते हैं कि आज के शाम की प्रार्थना ने परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुना है और आपके परिवार में और हमारे परिवार में वो की वो की वो ज्ञान की वो की की की बुद्धि ज्ञान जो हमें आत्मा आइए हम उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम सारे जलाली को उसके नाम को ऊंचे उठाते हुए उसका महिमा करते हुए हम इस प्रार्थना को यशु नासरिक के नाम से मांग लेते हैं हाँ पिता परमेश्वर सुन और ग्रहण कर